तो चलो और दो लाइनें बोल ही देता हूँ रैप सॉन्ग के ऊपर आ चलोगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना जाना मत देख के तुझको लगा है झटका अँखों से गिर गया है चश्मा ऐसे ना तू आया कर दिल में बजता है घंटा लेफ्ट राइट में करते करते आगे पीछे डोलता हूँ नशा नहीं किया है फिर भी यह वहाँ पर रन करता हूं दिकको लगा है झटका गिर गया है चश्मा ऐसा तू आया कर दिल में बजता है घंटा ठोक दीजिए लाइक